क्या लगती है आपकी मेरी बीवी है पत्नी है आपकी मेरी पत्नी आप है जी ये हमको पता चला था सरदी नहीं कैसे निकल गए घर से ये घर से इनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था इसीलिए घर से निकल गए जी कितने दिन हो गए घर से निकल इनको कुछ पच्चीस छब्बीस दिन हो गए यहाँ से दिन जी क्या कह के, के गए थी कि पिछली गली में जाके मैं आ रही हूँ बस यही बोल के घर से निकल गई उसके बाद दोबारा आई नहीं है जी फिर उसके बाद आपने कहीं ढूंढाने खोजा नहीं है खो ढूँढ़ा बहुत, बहुत किया थाने में कम्प्लेन करवाई ख्याला थाने में कम्प्लेन करवाई सब कुछ किया दस पंद्रह दिन ढूंढा फिर कम्प्लेंट करवाई फिर पता नहीं चला फिर अचानक से ये वीडियो हमारे पास आया विकास घुगिया जी का अम्बाला वाले का जी उनके थ्रू से हमें पता चला कि यहाँ पे फिर उसको लेने के लिए हम आए हैं जी तो ये पहले से ही मानसिक रूप से कम नहीं अभी हुआ है अभी चार पाँच महीने हुए बस इलाज नहीं करवाया ऐसा इलाज चल रहा है इलाज चल रहा है इनका फिर देखभाल करने के लिए कौन कौन रहेगा हमारी मम्मी है इनकी बेटी है मैं हूँ जी मेरी बहन है सब देखभाल करते हैं पर 24 घंटे तो एकदम से नहीं सकते ना सारे ये कहाँ के रहने वाले हैं आप दिल्ली के दिल्ली में कौन सी जगह नई दिल्ली रघुवीर नगर सत्ताईस रघुवीर नगर सत्ताइस नई दिल्ली बहनी क्या हो गया था आपको कैसे निकल थी मैंने इनको बोला मैं जयपुर जाऊंगी जी तो जैसे जयपुर के ट्रेन में बैठी फिर तो इंदौर में उतार दिया यहाँ कैसे पहुँचे आप दिल्ली से तो इंदौर में उतारा इंदौर से फिर यहाँ पर ले इंदौर पहुँच गए आप जयपुर जाने के लिए इंदौर जी, जी। कहाँ से लेके आ गया था Indoor, indoor से। अपना घर आश्रम द्वारा लाया गया था यहाँ पे आप है। आप हैं हैं ये ये ये देख सकते फोन फोन लग जी ये मेरे है मामा लगा सब अब विदाई प्रक्रिया फोन होते हुए आप देखेंगे विकास गोहिया जी द्वारा इनके परिवार की रात को ही खोज हुई है और उसे जो सूचना दी विकास गोहिया जी ने इनके पति को तो सूचना पर ये इन्हें लेने के लिए आए हैं फेसबुक के माध्यम से काफ़ी सहयोग रहता है रघुजियों को सपनों से मिलाने के लिए सभी साथियों को प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार